मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अति वर्षा से प्रभावित जिलों के कलेक्टरों से पार की जानकारी ली और प्रशासन को व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए वहीं सीएम शिवराज ने प्रधानमंत्री मोदी से भी चर्चा कर मध्य प्रदेश में विगत दिनों हुई अति अतिवृष्टि और इससे उत्पन्न बाढ़ और जल भराव की विस्तृत जानकारी दी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा मुरैना देवास राजगढ़ गुना मंदसौर भिंड ग्वालियर सहित विभिन्न जिलों के कलेक्टरों ऐसी जल को लेकर चर्चा की और सभी को व्यवस्था सुधारने के दिशा निर्देश दिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर चर्चा की उन्होंने प्रधानमंत्री को मध्यप्रदेश में विगत दिनों हुई अतिवृष्टि और इससे उत्पन्न बाढ़ और जलभराव की विस्तृत जानकारी दी मुख्यमंत्री ने बेतवा नदी में आई बाढ़ से प्रभावित हुए विदिशा जिले के क्षेत्रों के बारे में बताया उन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन और राहत कैंपों की जानकारी दी मुख्यमंत्री ने आर्मी एनडीआरएफ की तुरंत मदद पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया शिवराज सिंह ने अतिवृष्टि से प्रभावित जिलों रायसेन गुना राजगढ़ सागर भोपाल सहित अन्य स्थानों की जानकारी से प्रधानमंत्री को अवगत कराया पानी उतरने के बाद क्षेत्रों में सभी आवश्यक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जा रहे हैं युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं पेयजल की आपूर्ति बिजली आपूर्ति बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं कई जगह खंभे टूटे हुए हैं ट्रांसफार्मर डूबे हुए हैं उन्हें ठीक करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं अनेक स्थानों पर सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर पुल पुलिया टूटे हैं बह गए हैं इन्हें ठीक करने के लिए कहा गया है पानी था डूबे का लोग नहीं डूबे निकलते अब सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है जैसे पानी उतरेगा सिल्ट जमा होगी बदबू बीमारियाँ हो सकता है कुछ जगह मवेशी वैसे तो निकाल लिए उनको तो प्रशासन को इस समय में बहुत बधाई दूंगा और प्रशासन के भी सभी अंगों को क्योंकि हमारे होमगार्ड से लेकर पुलिस बल से लेके जिला प्रशासन से लेकर अलग अलग विभाग के जिसमें मैं बिजली विभाग का भी विशेष रूप से उल्लेख करूंगा अच्छा बहुत अच्छा काम करने की कोशिश की इरिगेशन ने भी कैसे पानी का स्तर में जिससे एक साथ भयावह स्थिति ना बने उसमें काफी प्रयत्न किया तो कोर्डिनेट करके हम लोगों ने काफी काम किया जिसके कारण संतोष इस बात का है कि हमने कोई मृत्यु नहीं होने की कोई जान नहीं जाने की कोई बै या निकाल नहीं पाए और देखते देखते बह गया हूँ ये बिल्कुल नहीं हुआ उल्टे कल शाम को मैं हेलीकॉप्टर से चक्कर लगा के लोगों को समझाता रहा ये आर्मी का सेना का हेलीकॉप्टर है आप इसमें आ जाओ तो कई लोग इनकार कर रहे थे मेरे आग्रह के बाद थोड़े लोग तैयार हुए नहीं तो वो घर छतों पे बैठे और कह रहे हो आप देखते हैं अब उतर जाएगा उतर जाएगा ये कर रहे थे लेकिन हम लोगों ने सबको सुरक्षित निकाल लिया ये हम सब के लिए बहुत संतोष का विषय है लेकिन बड़ी चुनौती ये है कि पानी उतरते सिल्ट को साफ कर देना क्योंकि वो सिल्ट जो जमती है वो फिर कई तरह की चीज़ें पैदा करती है दवाइयों का व्यापक पैमाने को छिड़काव जरूरी है ताकि रोग ना हो और तीसरी सबसे प्रमुख चीज ये है कि आपको वाटर की सप्लाई को फिर से ठीक करके चालू करना है बाकी जगह का गांव का देखना पड़ेगा अभी लेकिन विदिशा की जो पेयजल की सप्लाई का अपना सिस्टम क्षतिग्रस्त हुआ है काफी जो मेरी जानकारी पूरे डूब गया था फिल्टर पानी वगैरह तो हमको युद्ध स्तर पे आप आपको का होगा को ले श्योपुर में शिवपुर सारे डिपार्टमेंट लगा के युद्ध स्तर पर हमको अर्बन डेवलपमेंट हो बिजली वाले हों पेजन वाले उसमें जितना सहयोग करते हो तो क्योंकि पानी की जो योजना है वो गांव में भी क्षतिग्रस्त है तो विदिशा का गांव तो दिखाई दे रहा है तो पूरे क्योंकि यहीं से अगर आप मंडी लीप से लगा लें तो रायसेन जिले के भी कई गांव में पानी था दरिया से भाग और विदिशा जिले के दोनों तरफ के गाँव एक और सगड़ के कारण और एकदर जिले के तो सीएम शिवराज ने बीमारी न फैले इसके लिए दवा छिड़काव से लेकर साफ सफाई को युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिए हैं मेडिकल टीम गठित कर गांव-गांव और शहर पहुंचकर आवश्यक दवाएं बांटने के लिए विभाग को जुटाने को कहा गया है युद्ध स्तर पर जुटकर फसलों का नुकसान मवेशियों का नुकसान और का आकलन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया है शिवराज ने कहा जो भी जरूरत हो उसका इस्तेमाल करें और व्यवस्था को सुधारे इस मौके पर शिवराज ने विशेष तौर पर रेस्क्यू और राहत कार्यों में विगत 48 घंटों से लगातार जुटे होमगार्ड के जवानों को धन्यवाद दिया आ, पानी में था। और युद्ध स्तर पर सफाई की व्यवस्था करना दूसरी तत्काल हमको स्वास्थ्य विभाग के लोग होंगे पेयजल की व्यवस्था को सुचारू करना क्योंकि फिल्टर प्लांट पूरा का पूरा हमारा डूब गया था क्षतिग्रस्त हुआ है तो जो मैन पावर भोपाल से चाहिए वो तो भोपाल से आएगा और यहाँ जुट के हम वाटर सप्लाई को कैसे